8 दिसंबर को तमिलनाडु के कोनूर में हुए हेलीकॉप्टर क्रैश में देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की मौत हो गई। इस घटना में रावत की पत्नी समेत तेरह लोगों ने अपनी जान गवा दी जनरल बिपिन रावत चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे जो तीनों सेनाओं के बारे में रक्षा मंत्री के मुख्य सैन्य सलाहकार के रूप में काम कर रहे थे चीफ ऑफ डिफेंस का पद क्या होता है और क्यूँ ये अहम है चलिए जानते हैं देश का सीडीएस इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का मिलिट्री प्रमुख और इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की चीफ ऑफ स्टाफ कमिटी का चेयरमैन होता है चीफ ऑफ डिफेंस एक फोर स्टार जनरल होता है सीडीएस रक्षा मंत्रालय द्वारा बनाए गए नए विभाग डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स का प्रमुख होता है सीडीएस की नियुक्ति आर्म्ड फोर्सेज के बीच आवश्यक तालमेल बनाने के लिए हुई है साथ ही सी न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के लिए सैन्य सलाहकार के तौर आरोप काम करते हैं भारत ने 2008 में सेना अंतरिक्ष विभाग और इसरो के बीच तालमेल के लिए द इंटीग्रेटेड स्पेस सेल का गठन किया था सी के पास इस डिवीजन का भी चार्ज रहता है सी का काम तीनों सेनाओं से जुड़े मामलों में सरकार को निष्पक्ष सलाह देना होता है चीफ ऑफ डिफेंस की जरूरत सबसे पहले साल उन्नीस में भारत चीन के युद्ध के दौरान खाली थी इसके अलावा सीरियस के कोऑर्डिनेशन की कमी उन्नीस से सतासी नवासी के दौरान भारतीय शांति सेना द्वारा श्रीलंका में लिट्टे के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन के दौरान भी देखी गई। उन्नीस के करगिल युद्ध में भी ये कमी महसूस की गयी थी करगिल युद्ध के तुरंत बाद सीडीएस की नियुक्ति की बात पर समीक्षा के लिए करगिल रिव्यू कमेटी का गठन किया गया था लेकिन कई बार किन्हीं वजहों से सीडीएस की नियुक्ति अगले दो दशक तक नहीं हो सकी लेकिन साल 2019 में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने सीडीएस का पद बनाए जाने की घोषणा की थी अब हम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफी इसकी व्यवस्था करेंगे और इस पद के गठन के बाद तीनों सेनाओं के स्तर पर एक प्रभावी नेतृत्व को मिलेगा हिंदुस्तान के सामरिक दुनिया की गति में ये सीडीएस एक बहुत अहम और रिफॉर्म करने का जो हमारा सपना है उसके लिए बल देने वाला काम है और दिसंबर 2019 में जनरल वेपन रावत देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त हुए थे और ये बात भी कही गयी थी की पैंसठ साल अपने पद पर काम कर सकेगा विपिन रावत के निधन से देश की सेना को बड़ा लॉस हुआ है लेकिन अब विपिन रावत के बाद वाइस सीडीएस एयर मार्शल बलभद्र राधाकृष्णन के कंधों पर सीडीएस के पद की जिम्मेदारी आ गई है नए सीडीएस की नियुक्ति तक ये इस पद से जुड़े सभी फैसले लेंगे ऐसे ही तमाम खबरों के लिए